फ्री फायर के दिन ऐसे प्लेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसके सामने बड़े बड़े यूट्यूबर मिट्टी में मिल जाते थे लेकिन अब उन्होंने गेम खेलना छोड़ दिया है आखिर कौन है वो तीन प्लेयर नंबर वन पे जो प्लेयर आता है उसका नाम है मैक्स इंडिया जो कि पहले फ्री फायर की वीडियो डालता था जिसमें यह बंदा एकदम रेड नंबर मारता था शॉर्ट गन्स लेकिन अब बंदा फ्री फायर खेलना एकदम छोड़ चुका है क्यूँकी उसको बराबर सपोर्ट नहीं मिला और नंबर दो पे जो प्लेयर आता है उसका नाम है बैलो की बंदा भी एकदम वेकर से हट मारता था इसको भी इतना सपोर्ट नहीं मिला जिससे इस बंद ने फ्री फायर खेलना छोड़ दिया लेकिन नंबर तीन वाले प्लेयर के बारे में जानकर आप एकदम रोदो किया ऐसा कौन सा वो प्लेयर उसके बारे में जानने से पहले मैं बाकी यूट्यूबर की तरह मम्मी पापा की कसम नहीं छोटा तो तीन पे जो प्लेयर रहा है उसका नाम है जैन लाइन बंद रेड नंबर मारता था लेकिन इस बंद के ऊपर लग गया की बंदा, बंदा फ्री फायर छोड़ चुका है करीना फ्री फायर वालों ने इसके बहुत स्ट्राइक मारा था